रोचो चमकर चोतरो चमक रुगराया वे जातरी करे सिद्धपूर्ण करें शुभकाम तो शिवरो तीरावने ओ धड़ी हेलो नी बया जरई सिद्ध राजाया जरई मैं तो शो शी रावलख जी हेलो नी बया जरई धनिया तो बनावा शी राव ने प्रगट परी चो माताजी ने दीनो पर गगट पर माताजी सीधी माता जी ने दीनों सी सनमुख से दे या या रही राजया जर माता माताजी ने शिदी दर्शन दीना ओ माता जी ने दी दर्शन दिना कन मुख से दे आ रई छपन में आ रई चाहे करो लख हेलो सुनो नी बया तो मनमोष ओ माता दीदाई भाई खुशाल ने करो माता दीदाई दाई मोती ने दिन ओ मने दर्शन दिया रई सिद आ रही सिद खुशाल ने दर्शन दिना राजा सपन में मैया जरई धनिया जरई मैं तो मनमो सिद्धी रावलखती हेलो सुनो नी बेगाया जरई सिद्ध राजाया जरई मैं तो सिवर सिदी लखती तूवर में माता जी सोलं रोनी है पर चोर दिनो सिद माता सोलंकी रोनी सने पर चोरे दिनों दिनो सीरों पीड़ मटा य रही सिद मीटा मैं तो मन वोश दी ने हेलो सुनो नी ज रही सिदया जर मैं तो सिमरोश दी लखती तू अरे भाई खुशल राम जी देवा राम जी शिव रे आई खुशल राम जी देवा राम जी शिव रो सिद्धि जोगा राम सुर में लागे पावरे सिद्धरे पावर लख जी तू हेलो सुनो नहीं भतिजे कमल किशोरी राधे सोम जी भतिजे कमल किशोरी राधे सोम जी सिरे तो हरीश मुहित प्रभु लगे पावरई सिधोरे पावरई मैं तो मनमो सिदी लख जी राधा ने हेलो सुनोनी बै गाया जर कि जाया जर मेरे करो धनी लख जी ओ ओ जी पूनम भावना गायत्री सिवर भतीजी पुनम भावना गायत्री तिवरे सिदरे भानू ज्योति हंसू लागे पावरई सिदरे पावरई शाय करो सिदी राव राजा हेलो सुनोनी बै गाया रही सिदाया रई मैं तो मनोल क जी सिद तू मरने एक नियमो ऊपरी परी सिदी मेरे कर दो आवो ऊपरी लीली कृपा करो सिदराजा रखो नी चर वाली स रही सिदर स रही शिव ग देवारो मजी थोड़ी सेवा शिव ग देवाला रे थोरी सेवा होधड़ी मेरे करोनी तो मन वो सिद्धी लख जी तूर हाँ श्री माजी शाह स्टूडियो क्षेत्रावा रिकॉर्डिंग करता विष्णु डेरा क्षेत्रावा गायक बहरू राणा कोलु का देवाराम जी दर डू रोगी डी सुनो नी पे गाया जाया नो सिधी तुम लख तुम्हारीय लख